अपना सब कुछ खोने के बाद ना तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होते हो क्योंकि फिर तुम्हारे पास खो देने के लिए कुछ होता ही नहीं है